मैं बात कर रहा हूँ डाउजिंग एस्ट्रोलॉजी पे इतफाक़ से कुछ वीडियोस मैंने देखे यूट्यूब पे लोग भी हमारे पास बहुत सारे आते हैं जो रे किसी के हुए होते हैं जो डाउजिंग के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं दरअसल डाउजिंग को लेकर बहुत कंफ्यूजन है हम कर रहे हैं 1998 से डाउजिंग हम इसको बोलते हैं डाउजिंग एस्ट्रोलॉजी अब मुझसे पहले जो भी कर रहा हो वो मुझसे बात करे और मुझे उस बारे में कुछ बताए अदरवाइज़ लोगों का क्या है वो ये समझते हैं कि डाउज़र से हम सिर्फ यस नो का आंसर ले सकते हैं जबकि भाई साहब आप डाउज़र से ए टू जेड मतलब पिछले जन्म के बारे में भी जानकारी हासिल कर सकते हो लेकिन उसके लिए आपको डाउज़र की सिर्फ चाल समझना नहीं आना चाहिए डाउज़र सिर्फ़ या हाँ ना नहीं बताता डाउज़र आपकी हर चीज़ को बताने की क्षमता रखता है क्योंकि उसमें देवीय शक्ति होती है और वो देवीय शक्ति आप में होती है तो डाउज़र ज़रूरत पड़ने पर यदि आपके हाथ में डाउज़र नहीं है तो आप पजामे का नाड़ा ले लीजिए या अपने कार का कीरिंग ले लीजिए उससे भी आप किसी को आंसर दे सकते हैं बशर्ते आपको वो आंसर देना आना चाहिए आपको उस चीज़ के लॉजिक्स को समझना आना चाहिए आपके पास में वो एक स्पिरिचुअल पावर है ना यहाँ विज्ञानी वरदान की बात होती है एक आध्यात्मिक शक्ति जो आपके दिमाग पर थर्ड आई पर काम करती है लोग बहुत बहुत सारे समझाते हैं उसको कि ना मालूम कितने प्रकार की एनर्जीज़ होती हैं और क्या क्या होता है तो वो सब एक डिफरेंट चीजें हैं। डाउज़र से जब आप काम करते हो तो आप में मंत्र पावर होना चाहिए आपको ये समझना चाहिए कि जो डाउज़र आपके हाथ में है वो आपकी इष्टदेव। जिनको जिस भी भगवान को आप इष्ट मानते हैं वो उसकी तरह उनकी पूजा करें और उनके माध्यम से आप किसी का आंसर ले रहे हैं तो डाउजिंग में एक नहीं एक हज़ार प्रकार के सवालों का जवाब दिया जा सकता है जो कि कई बार कुंडली से भी नहीं निकाल पाते हैं डाउजिंग अपने आप में सबसे पुरानी विधा है ये कोई नई विधा नहीं है ये कोई वैज्ञानिक विधा नहीं है इसका कोई देश विदेश कोई विदेशों से संबंध नहीं है देश विदेश नहीं मैं विदेशों से बात करूँगा तो यदि आप बहुत प्राचीन काल में जाओगे हज़ारों साल पहले जब जाओगे ना तो उस जमाने में एक लोलक विद्या हुआ करती थी कई बार टीवी में भी आपको दिखाते हैं जो शोज़ आते हैं कि ऋषि मुनि हैं हाथ में कुछ लिए हुए हैं और उनके हाथ में घूम रहा है तो वो एक लोलक विद्या शुद्ध भाषा में कही जाती थी और ये उसका ये उसका रूप है तो आज की तारीख में यदि यहाँ तक जितना मैं समझ रहा हूँ या जितनी जानकारी मेरी है मुझे काम करते हुए लगभग लग लग तेईस साल हो गए हैं तो इस तेईस साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें मैंने ये देखा और ये समझा है कि देश में हो या कहीं फॉरेन में हो जिस तरह से हम डाउजिंग एस्ट्रोलॉजी सिखा रहे होते हैं जिस तरह से हम लोगों को बता रहे होते हैं वैसी कोई चीज़ तो लोगों को मैंने कभी भी देखते और समझते हुए कहीं समझा ही नहीं है तो आप अपने मन से वो कंफ्यूजन दूर करें डाउजिंग एस्ट्रोलॉजी एक संपूर्ण आध्यात्मिक विधा है जो आपके देवी देवता या आपके मंत्रों से आधारित होकर काम करती है इससे आप ज़िंदगी में जुड़ी हुई सभी चीज़ों का सटीक जवाब ले सकते हैं आप डाउज़र सिर्फ यशनों पर बात नहीं करता है डाउज़र हर चीज़ को पढ़ सकता है आपको डाउज़र पढ़ना आना चाहिए जस्ट लाइक कि आप भगवान से बात करने की कितनी क्षमता रखते हो तो कितनी श्रद्धा है आप में कि आप उनके साथ बात कर सकते हो उनके साथ अपने आप को कनेक्ट कर सकते हो तो उसी तरह से आप अपने आप को डाउज़र के साथ में कनेक्ट कर सकते हो और किसी भी व्यक्ति के सवाल का जवाब दे सकते हो अब वो व्यक्ति उपलब्ध है या नहीं है तो यदि एनर्जीज़ की बात होती है तो जब आदमी सामने ही नहीं है हम उस आदमी का केवल नाम सोच के काम कर रहे हैं और उसका जवाब दे रहे हैं तो उस, उसकी एनर्जी तो वहाँ नहीं हुई ना तो ये तो उस व्यक्ति पर डिपेंड कर रहा है कि जो काम कर रहा है कि उसके पास कितनी एनर्जी और कितनी शक्ति है लोग विभिन्न प्रकार के डाउज़र यूज़ करते हैं हमारे जैसा डाउज़र हमने शायद आज तक किसी के पास नहीं देखा हमारे चांदी का बना हुआ डाउज़र है जिसमें नवरत्न लगे हुए हैं जिसमें क्रिस्टल भी है तो इसलिए मेरा मानना है कि डाउज़र ये मेरा अपना व्यक्तिगत मानना भी है मेरा अपना अनुभव भी है और जो मैं लोगों को सिखाता हूँ मैं उसमें यही सब चीज़ें सिखाता भी हूँ कि आपके पास में डाउज़र है एक आपके साथ आपके साथ में एक बेहद स्ट्रॉग टूल है जो आपको हर चीज़ की जानकारी देने की क्षमता रखता है बशर्ते आप उसके साथ में जुड़े हुए हों और उसके साथ में अपनी सारी शक्ति को लगाकर काम कर रहे हैं क्योंकि वो शक्ति आपके साथ में है बेहतर है आपके पास में कोई भी सलाह हो कोई सुझाव हो आप कोई चर्चा करना चाहते हों हमसे तो निश्चित रूप से आप हमसे फ़ोन कर सकते हैं बात कर सकते हैं हम इस विषय पर चर्चा करने को हमेशा तैयार हैं थैंक यू